नमस्कार मित्रों आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं मैं बसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है रावण यदि वर्तमान समय में होता तो शायद यही सोचता जो इस समय मैं सोच रही हूं सुनिए मेरे पुतले को क्या जलाते हो मेरे पुतले को क्या जलाते हो हिम्मत है तो जलाओ अपने भीतर बैठे दशानंद को हिम्मत है तो जलाओ अपने भीतर बैठे दशानंद को आसुरी शक्तियों को जो नफरत ईर्ष्या द्वेष, क्रोध स्वार्थ दरंदगी के रूप में भरी पड़ी है हमारे भीतर मगर तुम ऐसा नहीं कर सकोगे मगर तुम ऐसा नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम छुपाते हो क्योंकि तुम छुपाते हो अपने भीतर के रावण को तुम तुम्हें झूठा भ्रम है तुम तुम्हें झूठा भ्रम है राम होने का राम होने का नमस्कार